हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीमियर प्रीव्यू आज हम आपके लिए डी यू की अपकमिंग मूवी ब्लू बीटल का प्रीव्यू लेकर आए हैं ब्लू बीटल डीसी यूनिवर्स का पहला लैटिन सुपर हीरो आज हम मिलते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने अब तक कई सुपरहीरोज हीरो इंट्रोड्यूस किया है लेकिन अब ब्लू बिटल के साथ वो कुछ अलग करने जा रहे हैं क्योंकि यह पहला लैटिन सुपर हीरो है जो डीसी यूनिवर्स में आया है ब्लू बिटल का असली नाम जेमी रीज़ है जो टीन है और मेक्सिको सिटी से, से बिलोंग करता है ब्लू बिटल ओरिजिनली कार्टन कॉमिक्स के अंडर क्रिएट किया गया था बट लेटर ऑन डीसी कॉमिक्स ने उसके राइट्स एक्वायर कर लिए खली जोई रिसेंटली ऑल डे एंड नाइट विल ऑल्सो स्टार्ट इन द फिल्म इससे पहले डीसी यूनिवर्स ने मेक्सिकन सुपर के रूप में एल डी को इंट्रोड्यूस किया था बट ब्लू बिटल पहला सुपर हीरो है जो ऑफिसियली लेटिन अमेरिकन है ब्लू बीटल के आने से डायवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन को लेकर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एक और माइल अचीव कर लेगा ब्लू बीटल का इंट्रोडक्शन डीसी यूनिवर्स में बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि ये लैटिन अमेरिकन डायवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है ये लेटिन अमेरिकन ऑडियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्यूँकी अब वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हुए एक सुपर हीरो को देखेंगे डीसी यूनिवर्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं डायवर्सिटी को लेकर दो में रिलीज हुई ब्लैक पेंथर की सक्सेस के बाद हॉलीवुड में डायवर्सिटी को लेकर ज्यादा अवेयरनेस आई है स्टूडियो भी इसको सीरियसली लेने लगे हैं ब्लू बीटल की फिल्म को मैक्सिकन अमेरिकन फिल्म मेकर एंजेल मैनुअल सोटो डायरेक्ट कर रहे हैं. सोटो ने प्रीवियसली सन डांस फिल्म फेस्टिवल हिट चार सिटी किंग्स को डायरेक्ट किया था जिसमें बाल्टी के पाइक कल्चर आरोप फोकस किया गया था इस फिल्म ऐसी पहले ब्लू बिटल को डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लू बिटल को बैटमैन द ब्रेफ एंड द बोल्ड और यंग जस्टिस में भी देखा गया है ब्लू बिटल का कैरेक्टर डीसी यूनिवर्स में काफी पुलर है लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लू बीटल का कैरेक्टर काफी सालों से इवॉल्व कर रहा है इस वीडियो में हम ब्लू बीटल के कैरेक्टर का वोलूशन को डिस्कस करेंगे आइए बात करते हैं कि ओरिजिन की ब्लू बीटल का कैरेक्टर ओरिजिनली कार्टन कॉमिक के अंडर क्रिएट किया गया था जिसका नाम डैन गैरेट था डैन एक आर्कियोलॉजिस्ट था और वो इजिप्ट में अपने रिसर्च के लिए गया था जहाँ उसे एक मिस्टिकल ब्लू स्कैरब मिला इसब ऐसी डैन को सुपर पावर्स मिलने लगे और वो ब्लू बिटल के कैरेक्टर में क्राइम फाइटिंग करना शुरू कर दिया फिर कार्टन कॉमिक्स ने ब्लू बीटल का कैरेक्टर रिबूट किया और उसे टेड कॉट के रूप में इंट्रोड्यूस किया टेड कॉट भी एक साइंटिस्ट था और वो ब्लू बीटल के सुपर पावर्स को अपग्रेड किया टेड कॉट के ब्लू बीटल ने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम को भी मॉडिफाई किया जिस... जिसे डीसी यूनिवर्स में बहुत सालों तक यूज किया गया डीसी कॉमिक्स ने फिर ब्लू बिटल का कैरेक्टर एक्वायर किया और उसे टीन जेमी रीज के रूप में इंट्रोड्यूस किया जेमी रीज का ओरिजिनल स्टोरी यह है की उसे भी मिस्टिकल ब्लू स्का मिलता है जिससे वो ब्लू बीटल बनता है जेमी रीज अपने सुपर पावर का यूज करके क्राइम फाइटिंग करता है और डीसी यूनिवर्स में काफी पॉपुलर कैरेक्टर बन जाता है जेमी रीज का ब्लू बीटल कॉस्ट्यूम ओरिजिनल कॉस्ट्यूम से काफी डिफरेंट है वो कॉस्ट्यूम ब्लू और गोल्ड कलर में है और उसके सुपर पावर भी अलग है बात करे ब्लू बिटल के सुपर पावर की तो जिसमे सेप शिफ्टिंग और एनर्जी प्रोजेक्शन इंक्लूडेड है जेमी रीज का ब्लू बिटल का कैरेक्टर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में भी देखा जाएगा ब्लू बिटल का एक सोलो फिल्म का रिलीज डेट अठारह अगस्त दो है जिसमे जोलो मैरिडेना लीड रोल प्ले करेंगे ब्लू बीटल का इंट्रोडक्शन डीसी यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी बात है जो रिप्रेजेंटेशन और डायवर्सिटी को लेकर एक पॉजिटिव स्टेप है और ये भी प्रूफ करता है कि हॉलीवुड भी डायवर्सिटी को सीरियसली लेने लगा है और इसमें आगे बढ़ रहा है ओवरऑल ब्लू बिटल का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है और इसका एवोल्यूशन ओवर द ईयर भी बहुत फैसनेटिंग है ब्लू बिटल का कैरेक्टर काफी सालों से डीसी यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है और अब उसका सोलो फिल्म के रूप में रिलीज होने जा रहा है जिसे ब्लू बिटल और भी पॉपुलर हो सकता है आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हद तक आइडिया मिल गया होगा आने वाली इस मूवी के लिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग